हेलो फ्रेंड्स खलखोज जी के सी में आपका स्वागत है चलिए क्वेश्चन में देखते हैं फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि ऑप्शन आपको स्क्रीन में है एंसर शकराते हैं उनके सदस्य अंग्रेज थे नेक्स्ट विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे आंसर शौकराते हैं लॉर्ड माउंटमेंटन ने गांधी को सही ने अवज्ञा की किसकी रचनाओं से मिली थी आंसर शकराते हैं पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था आंसर सुकराते इकबाल नेक्स्ट आधुनिक भारत में स्थानीय का अगुआ सामान्य से माना जाता है आंसर सुकराता हूँ सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी आंसर महात्मा गांधी द्वारा नेक्स्ट सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था आंसर विलियम बेटिंग नेक्स्ट मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी किसने कहा था आंसर रविंद्रनाथ टाइगर आंसर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया था आंसर लाहौर 1929 नेक्स्ट द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीत की थी आंसर बाग त्रासदी नेक्स्ट वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था आंसर महाराष्ट्र में नेक्स्ट स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था राइट एंसर। बंगाली विभाजन के विरोध के रूप में नेक्स्ट निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था आंसर दादा भाई नौरोजी नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में स्तंारी बंदोबस्त लागू किया गया था आंसर लॉड कान नेक्स्ट निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर गर्व, जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किए थे निम्नलिखित में से कौन से इस फैसल में कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी राइट आंसर अठारह सौ तिरपन निम्नलिखित में से किस यूरोपीय बस्ती बनाई? डेनिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था राइट आंसर लाहौर कांग्रेस उन्नीस में अधिनियम yes. जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाया गया था राइट आंसर एंसर माइकॉलेज अठारह सौ पैंतीस प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में एम ए जिन्ना चार ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे निम्नलिखित में, में से वे कौन हैं जिन्होंने सत्रहवीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तट के व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था राइट आंसर पुर्तगाली नेक्स्ट नेक्स्टों का उपनामों के साथ मिलान कीजिए राइट आंसर है ए थ्री बी वन सी टू डी फोर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम और उनकी गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं इनमें से जो गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए राइट आंसर रानी लक्ष्मीबाई इंदौर मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था उन्नीस सौ चालीस के लाहौर अधिवेशन में थैंक दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा